वो कौन है? वो छाया उसकी <laughs> <आयो दिमार। laughs> ज्यादा तेन नहीं एक था मैं खिंडा के गेट दूंगा चल यार आज तो आई देखनी है दो अब मैं बिताऊंगे तू हाँ तू बिता दो ला Allah, आ, मुझे नहीं पता है मुझे मत कुछ ना <laughs> बोलती तू कीड़े पड़ेंगे तेरे ऊपर कुत्ते की मौत मरेगा <laughs>